के लिए तैयार करना है हमें रमजान में तकबा पर एहसगार बनना है अच्छा दूसरी बुराई गुनाह क्या हो रहा हमसे गुनाह ये हो रहा है कि हम माँ बाप की नाफरमानियाँ बहुत करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानियाँ करना अच्छा देखो माँ से जो है ना हम तमीज से थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होती है वो अपने बच्चों से डर रही होती है लेकिन बाप से हम बिल्कुल भी अदबो एहतराम उनका करते ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं करते उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं क्योंकि इसलिए वो भी हमें खरी घड़ी सुना देते हैं और बदले में हमने भी दो तीन खरी घड़ी सुना देते तो बर्दाश्त नहीं होता हमसे तो हमें क्या करना है माँ बाप की भी क्या करना है उनकी दावेदारी करना है उनका अदब एहतराम करना है आज हमारा जो अदबोहतराम है वो बिल्कुल क्या हो गया है निकल गया मार्केट से बिल्कुल भी निकल गया ऐसे हो गया जैसे गोरों गोरों के यहाँ सिस्टम है अंग्रेज़ों के यहाँ उनके यहाँ पहले बात तो अम्मा आपको पता नहीं लगता तब है किस बच्चे के हैं या नहीं है लेकिन हमारे यहाँ हैं तो हमें क्या करना कुरान ने हमें बता दिया है कि इनके आगे उप भी मत करो अगर ये बूढ़े हो जाएं तो जिद्दत से अपने बाधुओं को इनके आगे झुका लो तो हमें क्या करना इनकी भी फर्माबरदारी करना इनकी भी दुआ लेना तभी हमें इबादत करना अगर हमने इन्हें राजी रखा और फिर हमने इबादतें करी तो फिर हमारी इबादतें क्या होंगी वो लूँगी तो ये काम करना है बस खाली यकीन कर लें कि ये हमारे अब्बा हैं और इनको ऊपर एक बार मोहब्बत से निगाह डाली इनकी पेशानी के ऊपर तो हमें एक हजार और उम्रे का सवाल मिल गया फ्री फोखट में एक हजार और उम्रे का सवाल मिल गया बताओ हजार और उम्रे करने में कितना खर्चा आता आता है नहीं आता बहुत ज्यादा आता है अगर आपके कोई रिश्तेदार में हाज करने तो उनसे पूछ लेना कितना खर्चा आता लेकिन अल्लाह जला ने यहीं से दे देता बस खाली मोहब्बत से एक बार निगाह डाली उनकी पेशानी पे हज और का सवाल मिल गया तो ये माँ बाप का बड़ा अहम रुतबा है जो हमें मिले हैं माँ बाप की बहुत बड़ी न्यामत है जो कि अल्लाह नेहमत दी है तो ये सब चीजें बहुत बारीकी से समझने की हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने आप को बिल्कुल भी पाक साफ करना है तभी हमें इबादतों की तरफ आना है किस तरीके से बस खाली हम ये सोचें कि जिंदगी हमें एक अच्छी गुजार करना है अगर बस खाली ये ना सोचें कि हम इस ज़िंदगी में पैसे वाले बन जाए ये ना सोचें कि हम इस ज़िंदगी में मालदार बन जाए ये ना सोचें ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिल जाए जो गोरों के पास है उनके यहाँ बड़े बड़े महल हैं वो पढ़ाई दिखाई कर रहे हैं बड़ी अच्छी से सब कुछ है उनके पास सारी फैसिलिटी उनके पास हमें जिंदगी है उनके पास कार है तो भी उनकी जिंदगी कट रही है अगर वो ए सीओ में रह रहे हैं तो भी उनकी जिंदगी कट रही है और अगर हम इधर जो है मच्छर में काट रहे हैं तब भी हमें जिंदगी कट रही है कट रही है नहीं कट रही है जैसे मच्छर काट इसी तरीके